कहे ये पानी में जो दर्द मेरा कह पाए बे रसुका कोई रो न सिवाती सोचो सराब चाहते हो या जा चाहते हो बावरा मन दा के तरस गेरे मै नी मल्ला बन के बरसरे जरा जरा नींद दी। <णली से कोई> समझ <सम्झाए> दुआ सुन सी पसनी मिन्नी इन्ना सोना इन्ना सोना रघु ने बनाया आ, आ, आ, आ, आ, रग यही मैं तेरे या तेरे पाल कबीर से न रह सकूंगा दिल ना जिला तेरे दिल ना जी सकूंगा कितना चाहे Shukriya dil ki si hai Issi se dilwa ho Na samjh mohabbat hai Na bhi kya to hai Apne liye bane hain maan le I feel alone Par unke to you nice I believe If you move out from my side, I'll be losing. I'll be losing grip on you.